सीनियर्स ने ठान लिया था कि उन्हें कैसे भी करके ध्रुव और स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिशन में आए सीनियर्स की आग की शक्ति छीन ली थी तो सीनियर्स को अपना सिर उठा कर चलने में बड़ी तकलीफ होती वही जैसे ही दोनों ग्रुप्स के लीडर्स ने अपना सिर हिलाया तो उसके तुरंत बाद पंद्रह लोगों के शरीर से शक्तियां निकलने लगी जिससे वो इलाका जगमगाने लगा तभी अचानक ध्रुव ने सभी के शरीर से निकलती शक्तियों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा माफ करना दोस्तों लेकिन अगर सच तो हमने भी बराबरी का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचा था। इतना गूंज उस इलाके में दूर दूर तक सुनाई दी और ध्रुव की सीटी की आवाज जैसे ही सभी को सुनाई पड़ी तो आस की झाड़ियों में से ढेर सारे लोग बाहर आ गए उसके बाद सभी ने पंद्रह सीनियर्स के आस एक घेरा बना लिया ताकि वो सीनियर्स कहीं भाग कर ना जा पाए इसके अलावा सभी नए स्टूडेंट्स के शरीर से लगातार अलग अलग रंगों की शक्तियां बाहर निकलने लगीं। वैसे तो सभी नए स्टूडेंट्स की ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो पंद्रह के खिलाफ लड़ पाते लेकिन क्योंकि वो सभी इस वक्त एक साथ थे इसलिए कुल मिलाकर उनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई वहीं जैसे सीनियर्स ने सभी नए स्टूडेंट्स को झाड़ियों में से बाहर आते हुए देखा तो तीनों के चेहरों के रंग बदलने लगे इस पल वो सभी समझ गए थे कि आखिर क्या हो रहा था तुरंत बाद इतने में ध्रुव ने भी सभी नए स्टूडेंट्स के शरीर से निकलती शक्तियों को देख कर एक चैन की सांस ली जाहिर सी बात है की नए स्टूडेंट्स की मदद से उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि वो सीनियर्स के तीनों ग्रुप्स को बुरी तरह से हरा सकता था वही ध्रुव ने जब उस लड़के के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने ध्रुव की खामोशी के पीछे का मतलब समझकर कर उससे आगे कहा अच्छा तो उम्मीद नहीं की तुम सभी नए को कर, ऐसा कुछ कर पाओगे वैसे देखा जाए तो आज से पहले भी पायर हंटिंग कॉम्पिटिशन में बहुत बार ऐसे लोग आए थे जो नए स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर सीनियर के खिलाफ होना चाहते थे लेकिन क्योंकि सभी स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम पार करके अंदरूनी हिस्से में आए थे इसलिए सभी अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे यही वजह थी कि कोई किसी के साथ इस जज्बे को देखकर उस सीनियर को गुस्सा तो आया ही क्योंकि जब वो नया स्टूडेंट था तब किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया तभी ध्रुव ने मुस्कुरा कर उस सीनियर को जवाब दिया मेरे ख्याल से तुम मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं इतना कहकर ध्रुव ने तुरंत अपना हाथ ऊपर करते हुए अपनी तलवार को हमले के लिए तैयार कर सभी की शक्ति हासिल करते हैं इसलिए बिना किसी जोर आजमाइश के अपनी आँख की शक्ति हमें पकड़ा दीजिए नए स्टूडेंट्स में से ज्यादातर लोगों की आग की शक्ति सीनियर्स ने लूट ली है इसलिए हम अब उसे वापस लेना चाहते हैं क्योंकि कायदे से उस पर हक हमारा ही है इतने में उसके सामने खड़े जवान लड़के ने अपने चारों तरफ मौजूद नए स्टूडेंट्स को देखा और फिर पलटकर बाकी दोनों ग्रुप्स के लीडर से कहा ऐसा लगता है कि आज का मुकाबला काफी खतरनाक होने वाला है इसलिए मेरे ख्याल से हमें एक साथ ही काम करना होगा नहीं तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे इस पर एक ग्रुप के लीडर टोनी ने अपनी मुठ्ठी बंद करते हुए कहा ठीक है वैसे भी मैं खुद देखना चाहता था कि आखिर इस बार के टॉप फाइव कितने ज्यादा ताकतवर है टोनी देखने में काफी बड़ा और मजबूत था उसने जैसी अपनी मुठियां बंद की तो उसके हाथों की चौड़ाई से उसकी ताकत का सही अंदाजा ने, पास ने की कमजोरी को समझते हुए अगर सेना पर पानी है, तो उनके राजा को करना जरूरी है फिर सेना अपने आप खुटने टेक देती है वैसे तो यहाँ ढेर सारे नए स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रखे लेकिन एक चीज जो सभी को एक दूसरे से जोड़ती है वो है इस लड़के ध्रुव का यकीन इसलिए अगर हम इस लड़के को हरा देते हैं फिर तो सभी नए स्टूडेंट्स घबरा करते हुए कहा अगर ऐसी बात है फिर तो हमें टॉप फाइव को हरा कर इनकी उम्मीदों पर पानी फेरना ही होगा लांबा टूनी मैं और मेरा ग्रुप सामने खड़े तीन लोगों को संभालते हैं तुम दोनों को अपने ग्रुप्स के साथ इन दोनों लड़कियों और बाकी स्टूडेंट्स को संभालना होगा। और सोहान की बात सुनते ही अंदरूनी हिस्से के बाकी स्टूडेंट हामी भरते हुए अपना सर हिलाने लगे वैसे तो सामने मौजूद नए स्टूडेंट्स की ताकत काफी ज्यादा थी लेकिन फिर भी उनकी ताकत अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट्स के मुकाबले काफी कम थी यही वजह थी की शायद सीनियर्स के लिए उन्हें संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था इतने में सोहान लांबा और टोनी एक कदम आगे आकर खड़े हो गए तीनों के शरीर से निकलती शक्तियों से साफ समझ आ रहा था कि वो तीनों छह सितारों वाले महातक्ष थे तभी उनकी शक्तियों को देखकर बहुत मुश्किल वाला है। हर किसी को संभालना होगा इरा तुम और लीजा जाकर नए स्टूडेंट्स की मदद करो सीनियर से लड़ने में हम तीनों इन सीनियर के लीडर्स को देखते हैं इस पर इरा ने एक नजर सीनियर्स की शक्ति को देखकर हल्की फिक्र के साथ ध्रुव से कहा ठीक है ध्रुव लेकिन तुम अपना ध्यान रखना ये लोग बाकियों से काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इतना कहकर इरा और ली जायक कदम पीछे हुए और फिर वो तेज रफ्तार में नए स्टूडेंट्स के साथ जाकर खड़े हो गए तभी बिजोरा ने तीनों लीडर्स को देखकर मुस्कुराते हुए ध्रुव और कहा वो मोटा वाला तो मेरा शिकार है उसे कोई नहीं छुएगा ये कहकर उसने उस लंबे चौड़े सीन टोनी की तरफ देखा जो दिखने में काफी खतरनाक और ताकतवर दिख रहा था जाहिर सी बात है कि बिजौरा को रफ्तार और ताकत का इस्तेमाल करना पसंद था इसलिए उसने सबसे लीडर को मुकाबले चुना। इतने में शान ने थोड़ी अपनी तलवार लहराते हुए कहा अगर ऐसी बात है, तो फिर सीनियर सोहान मेरा शिकार होने वाला है वही तीनों को एक एक लीडर को चुनते हुए देखने के बाद सोहान के चेहरे पर एक जानले वसी दिखाई देने लगी जिसके साथ वो चिल्लाने लगा चलो तो फिर लड़कर यह मुकाबला जल्द खत्म करते हैं याद रहे इन लोगों को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना ये सभी लोग बहुत ताकतवर हैं। और और उसकी बात सुनकर लांबा टोनी ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी फिर अगले ही पल अचानक से वो तीनों एक साथ बिजली की रफ्तार में आगे बढ़ने लगे उसके बाद वो लोग तेजी से ध्रुव और बाकी दोनों पर हमला करने लगे दूसरी तरफ तीनों लीडर्स को अपनी ओर आता हुआ देख ध्रुव और बाकी दोनों मुकाबले के लिए तैयार हुए और फिर वो भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगे इसके अगले पल सभी ने देखा कि छह ताकतवर शक्तियां उस इलाके के बीचों बीच दिखाई दे रही थीं और वो सभी एक दूसरे से मुकाबला करने वाले थे फिर जैसे ही वो सभी एक दूसरे से टकराए तो उनकी शक्तियां टकराने से एक छोटा सा धमाका हुआ जिसमें से शक्तियां किसी ज्वालामुखी के फटने की तरह निकलने लगी ध्रुव फिलहाल जिस लड़के के खिलाफ लड़ रहा था उसका नाम था सोहान अगर बात दिखने की होती तो तीनों लीडर्स में वो सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा था लेकिन जिस तरह वो बाकी दोनों लीडर से बात कर रहा था उससे नहीं होता तो फिर तो टोनी और लांबा उसकी बातों पर ध्यानी नहीं तरह मान लिया था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सोहान ही उनका लीडर था इतने मित्र की काले रंग की तलवार तेजी से आकर सोहान से टकरा गई लेकिन अचानक से सोहान ने अपने शरीर को घुमाते हुए उस हमले से बचने की कोशिश की वहीं उसके ऐसा करने से ध्रुव का हमला नाकाम हो गया। ध्रुव की के ठीक सामने पहुंच गया फिर सोहन ने अपने पास से तेजी से दो खंजर बाहर निकालते हुए ध्रुव पर हमला करने की तैयारी की ऐसा करते ही सोहान ने अपने दोनों हाथों को तेज रफ्तार में घूमते पंखों की तरह घुमाना शुरू कर दिया जिसके साथ वो तेजी से ध्रुव पर हमला करने लगा वहीं सुहान के हमले की रफ्तार को देखकर खुद ध्रुव भी काफी ज्यादा हैरान रह गया, और उसे समझ आया कि सुहान की रफ्तार उसकी रफ्तार से भी ज्यादा थी वैसे तो ध्रुव की हमला करने की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी लेकिन आचार्य विदुर की वजह से वो तेज रफ्तार के हमलों से बचना अच्छी तरह सीख गया था इस वजह से ध्रुव ने तुरंत अपनी बड़ी और भारी तलवार आगे लाते हुए सोहान के खंजरों से बचने की कोशिश की ऐसा करते ही ध्रुव की वो तलवार किसी ढाल की तरह दोनों खंजरों से बचने लगी दूसरी तरफ सोहान लगातार ध्रुव पर हमले किए जा रहा था लेकिन उसके हमले ध्रुव की तलवार से टकरा कर नाकाम होते ने पर से तीस हमले कर दिए लेकिन उसके तेज तर्र हमले भी ध्रुव के बचाव का कुछ नहीं बिगाड़ पाए इस दौरान ध्रुव लगातार सोहान के शरीर से निकलती शक्तियों को देख रहा था और उसकी तेज रफ्तार से ध्रुव समझ गया था कि उसकी मूल शक्ति जरूर वायु होगी मगर अपने इतने सारे हमलों को नाकाम होता देख सुहान के चेहरे पर जरा सी भी फिक्र नहीं दिखाई दी बल्कि वो तो अपनी बिजली जैसी तेज रफ्तार का इस्तेमाल कर बार बार ध्रुव के सामने आकर हमला करता रहा दरअसल सुहान अच्छे से जानता था कि ध्रुव की तलवार काफी ताकतवर थी इसलिए वो ध्रुव को हमला करने का मौका ही नहीं देना चाह रहा था सुहान जब अंदरूनी हिस्से में मुकाबला करता था तब वो अपनी तेज रफ्तार का फायदा उठाकर सामने वालों को हमला करने ही नहीं देता था और उनकी शक्तियां हमलों से बचने में ही जया करवा दिया करता था उसके हमलों से बचते हुए ध्रुव ने की तलवार जो फिलहाल एक ढाल का काम कर रही थी लगातार सोहान के हमलों के साथ इधर उधर होने लगी वही सोहान के तेज हमलों से बचते रहने के बावजूद ध्रुव अपनी अंदरूनी शक्ति के इस्तेमाल से आस के नजारे को भी अच्छी तरह देख पा रहा था इसलिए सोहान के हमलों से बचते वक्त ध्रुव के लिए उसके हमले खतरे की वजह नहीं बन रहे थे लेकिन हमलों से बचते हुए ध्रुव को सोहान की ताकत का एक अच्छा खासा अंदाजा लग गया था इस बात से ध्रुव थोड़ा है और शायद लारा जयान के अलावा ये पहला हमउम्र महादक्ष था जिससे मुकाबला करते वक्त ध्रुव का पूरा ध्यान उस पर ही था वही जिस वक्त ध्रुव और सोहान के बीच टक्कर का मुकाबला चल रहा था उस दौरान बाकी मुकाबलों की शुरुआत भी हो चुकी थी इस वजह से जंगल के उस इलाके में तलवारों और चाकुओं के टकराने की आवाज गूंजने लगी और साथ ही शक्तियां हर तरफ फैलती हुई दिखाई देने लगी उस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी शांत जगह पर अचानक से ढेर सारी आतिशबाजी होने लगी हो इस दौरान लांबा का सामना करते हुए ईशान को अंदाजा लग गया था कि दोनों की शक्तियां एक जैसी ही थी और फिलहाल ईशान का चांदी के रंग का भाला किसी बड़े से बिजली के सांप की तरह दिख रहा था इसके साथ ही ईशान उस भाले से लगातार लांबा पर हमला करने की कोशिश कर रहा था जिसे देखकर खुद लांबा भी काफी हैरान था दरअसल लांबा सबसे ज्यादा हैरान हुआ था ईशान की ताकत को देखकर उसने फिलहाल अपने हाथ में एक बड़ा सा खंजर रखा हुआ था और उसमें से लगातार शक्तियां बाहर निकल थीं। वहीं ईशान के बड़े से भाले के सामने दिखने में तो लांबा का खंजर बहुत छोटा था लेकिन उस छोटे हथियार का फायदा था लांबा की रफ्तार वो हर बार ईशान के भाले से बचकर ईशान पर हमला कर देता जिससे ईशान के कपड़ों पर खंजर के निशान बनते रहे वहीं ध्रुव और के मुकाबलों को छोड़कर बिजोरा एक ऐसा योद्धा था जिसे मुकाबला करते देख लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे जिंदगी जीने का भी नहीं था शायद लोगों के दिलों में उसी का डर था जिस वजह से लोग उसे मौत का सौदा पुकारा करते थे दूसरी ओर उससे मुकाबला करता टोनी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था लेकिन मुकाबले के दौरान उसका पूरा शरीर ग्रे कलर की शक्ति से ढका हुआ था जिससे उसका शरीर फिलहाल किसी पत्थर की दिख रहा था। उसे सामने वाले पर करने लगते। इस वक्त अगर टोनी के सामने बिजौरा के अलावा कोई और होता तो शायद वो उससे मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं करता लेकिन बिजौरा बाकीयों से बहुत अलग था क्यूँकी उसकी जिंदगी एक मुकाबला ही थी तो क्या होने वाला है नए स्टूडेंट्स और सीनियर्स के बीच के इस रोमांचक मुकाबले का अंजाम क्या थ्रुव और उसके साथ ही अंदरूनी हिस्से के ताकतवर सीनियर्स को हराने में कामयाब हो पाएंगे जानने के लिए सुनते रहिए दि वन इनली आर ज के साथ सुपर यूट था सिर्फ पॉकेट एफ एम्पर